दोस्तों मुलायम सिंह यादव इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है लेकिन एक दुखद खबर इनसे जुड़ी हुई हमें मिली आज 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया सुबह सुबह और दोस्तों ये पिछले कई दिनों से अपने हेल्थ इशूज से लड़ रहे थे बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे और इनके इसी दुखद न्यूज़ और इनके देहांत के न्यूज़ से हमारे पी प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी काफ़ी दुखी हैं और गुजरात की एक रैली में बोलते वक्त उन्होंने संसद भवन के एक पुराने भाषण का जिक्र किया जिसमें मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि आप अगली बार फिर से प्रधानमंत्री आए तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को सुने। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है मुलायम सिंह यादव जी उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे बेबी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद कुछ सलाह के दो शब्द वो आज भी मेरी अमानत है और मुलायम सिंह जी के विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कोई लाग लगेट के बिना कहा था राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुनकर के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे जब भी मौका मिला उनके आशीर्वाद मिलते रहे मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे